धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है शत्रु की मित्रता से शत्रु की शत्रुता अच्छी होती है दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए आग में आग नहीं डालनी चाहिए अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए मनुष्य की वाणी ही विश्व और अमृत की खान है कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए कल का कार्य आज ही कर लें सुख का आधार धर्म है अर्थ का आधार राज्य है सरल को कठिन बनाना आसान है परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष है जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़े जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं किसी भी स्थिति में अपने घर का भेद किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए ऐसा करने पर दुश्मन फायदा उठा सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को सवार नहीं सकती एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है